रतलाम के एक गांव में लगातार सात वर्षों से रामायण की चौपाई का पाठ किया जा रहा है पाठ के लिए ग्रामीणों ने 130 लोगों की टीम बनाई है जो 24 घंटे में अलग अलग समय पर अखंड रामायण का पाठ करती है इस अखंड पाठ के पीछे ग्रामीणों का उद्देश्य है कि गांव में शांति और सामाजिक एकता बनी रहे देश में भले ही रामचरित की चौपाइयों को लेकर विवादित बयान दिए जा रहे हों या फिर लोग रामचरित का तिरस्कार कर रहे हों लेकिन रतलाम में एक गांव ऐसा भी है जहां लगातार सात वर्षों से रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है और यह गांव है पचेड़ यहां दिन हो या रात हर समय आपको रामायण की चौपाइया सुनने को मिलेगी गांव के लोगों ने इसके लिए 130 लोगों की टीम बनाई है जो अलग अलग शिफ्ट में गांव के शिव और हनुमान मंदिर परिसर में अखंड रामायण का पाठ करती है सभी जातियों और समुदाय के लोग यहाँ मिलजुल इस अनोखे अखंड रामायण पाठ को जारी रखे हुए है युवाओं में जहाँ धार्मिक और सांस्कृतिक विकास हो रहा है वहीं यहाँ के युवाओं को रामचरित मानस की चौपाइया कंठस याद है अखंड रामायण पाठ करने के उद्देश्य के बारे में ग्रामीण बताते हैं कि इससे उनके गांव में शांति और सामाजिक एकता बनी हुई है वो खबरें जो आपके काम की हैं, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है हर आम और खास से जुड़े मसले हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं सत्य का अन्वेषण दखल न्यूज